मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है जीत की हवत नहीं किसी से कोई किसी पे कोई वश नहीं सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो आरंभ है प्रचंड अब सुनो सब मस्ती हो नाचो अपने कमरे टेंशन लो ही मत बहुत आसान है युवाओं को कोसना सर मैं तो उन्हीं को फेस करता हूं सर बहुत आसान है अरे आजकल के लड़के निगमे हैं आजकल की लड़कियां कुछ बार कुछ भी नहीं है सर किसी को भी अगर डायरेक्शन सही नहीं मिलेगी तो वो भटकेगा सर मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ता हूं बदल लो अपने आप को कुछ भी नहीं बिगड़ा कुछ भी उम्र हो तुम्हारी अभी सुधार लो अपना आज सुधार लो आज फ्यूचर बहुत अच्छा होगा पास्ट से सीख लो आज सुधार लो आज एक एक दिन मजबूत होते चले जाओगे तो कल तो मजबूत ही रहोगे ना सिंपल सी बात है आज तुमने प्राणायाम किया आज तुमने योगा किया आज मजबूत हुए ना तो कल तो मजबूत रहोगे फिर कल तुमने वही चीज जारी रखी परसों मजबूत रहोगे फिर तुमने वही चीज जारी रखी नर्सों मजबूत रहोगे आज मजबूत कर लो आज ध्यान पैदा कर लो योग पैदा कर लो सुबह उठो अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज करो रामायण पढ़ो गीता पढ़ो शक्ति अधिक करो कुरान एयर गन लगाओ ले आओ एयर गन दिन भर निशाना लगाना सीखो कब पता क्या पता देश को कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए सीना पे तो सीमा पर तो जवान तैनाती है मान लो तो जरूरत पड़ जाए हाँ, वो तो हमें पूरा भरोसा हमको तो इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा हम तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख देंगे कि सर जरूरत पड़ेगी तो बताना पंजाब हरियाणा यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश तमिलनाडु तेलंगाना केरला ये वेस्टर्न कंट्रीज ये हमें डरा रही है वन अरब थर्टी करोड़ वन अरब थर्टी करोड़ थर्टी और ये छोटी मोटी कंट्रीज अगर सिर्फ हम डंडा उठा के दौड़ेंगे ना किसी कंट्री की तरफ पचास करोड़ उसको सरेंडर करना पड़ जाएगा लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन लार्जेस्ट यू आर दू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन अब बस तुम ही बचा सकते हो इस कंट्री को और कोई ना बचा पाएगा